today we are going to discuss about the non renewable resource of energy uh, in which uh, we will discuss uh, fossil fuels the main uh, fossil fuels which we discuss in this lecture will be the coal natural gas and petroleum so as you all know that the fossil fuels are the fuels <clears throat> which took millions of years for a generation since the inception Of uh, the, if you see, it's the formation of the uh, Earth. So fossil fuels are the fuels formed from a natural process, such as uh, anaerobic uh, decomposition of buried dead organic uh, organic uh, material, like animals, plants, and uh, basically the plants which were doing the photosynthesis in ancient times. So most of that uh, kind of plants and animals uh, have been extinct because of the geographical transformations of the earth. So when we uh, come uh, do the combustion of such resources, we get the energy which were embedded uh, in those uh, kind of organisms through the photosynthesis. So, because of uh, the high pressure and temperature for the millions of years, near about uh, 650 million millions of years it took for the formation of the fossil fuels. <clears throat> Now there is uh, different uh, categories of fossil fuels like uh, petroleum, coal, natural process, uh, natural gas. So there are various kinds of processes which took place it means how much time it takes for the formation of coal, and there are various for. Uh, स टाइप ऑफ कोल बहुत सारे टाइप्स ऑफ कोल है जिसमें एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम में एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एक कोल की होती है जैसे पीट है विटामिनस है एंथ्रासाइट है and later on uh, like petroleum products एंड लेडर ऑन fossil पेट्रोलीम प्रोडक्ट्स लाइक दे है पेट्रोलीमी ड्रो फ्रैक्शनल डिस्पलेशन ऑफ द फॉसल फ्यूल्स लाइक पेट्रोलीम वी गेट वेरियस अदर फ्यूल लाइक पेट्रोल असफॉल्ट विटमिन नैपथा एवियशन फ्यूल सो पूरा fractional distillation की वजह से होता है एंड मोर जो पेट्रोलीम है ये तकरीबा वर्ल्ड में 34% फोर परसेंट यूज़ होता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी थर्टी फोर परसेंट ऑफ द एनर्जी सोर्स इज़ पेट्रोलीम जो हम पेट्रोल वगैरह यूज़ करते हैं देट काउंट्स फॉर थर्टी फोर परसेंट एज अ प्रायमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड एंड बिसाइड दैट कोल काउंट्स फॉर ट्वेंटी एंड नेचुरल इंडिया में ये डिफरेंट है इंडिया में कोल की जो है कंजप्शन ज्यादा है कोल इज तक थर्टी नाइन परसेंट ऑफ द प्राइमरीर्जी सो दिज आर दिगर्स आईज फिगर्सोर वर दिगर्स फॉर द एनर्जी रिसोर्स इन इंडिया एंड इन वर्ल्ड पर्टिकुलरली सो ना द ऑरिजन ऑफ द फॉसल फ्यूल्स कैसे ही fossil fuels आया एनशेंट जमाने में फॉसल फ्यूल्स यूज़ हुआ करते थे फॉर बेसिकली फॉर कंस्ट्रक्शन और फॉर मेडिकल परपज लेटर ऑन इन इंडस्ट्रियल एरिया तकरीबा एटीन हंड्रेड एंड फोटी सिक्स के आसपास इसकी जो है uh, heating property को identify किया गया तो उसके बाद इसमें बहुत सारी जो technological advances हुई तो ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया बाई एंड्रीज लेब इन 1597 तो इन्होंने ये इंट्रोड्यूस कियाली फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेडिकल परपज दैन लेटर ऑन इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्रियल एरा में इसका जो है मेडिकल जो है इसका जो है हीटिंग वैल्यू आइडेंटिफाई किया गया तो कहने का ये मतलब है कि फॉसल फ्यूल्स जो होता है दे आर वायद part पार्ट ऑफ देंट टाइम्स तक सिक्स फिफ्टी बिलियन मिलियंस ऑफ ईयरस है वो तो उसके बाद जो जोग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है दे वर्टिड एंड देर कन्वर्टिड इन टू द लाइक पेट्रोलियम नेचुरल गैस एंड कोल बाई वेरियस टम्परेचर एंड प्रेसर कंडीशन तो फॉसोफ्योल्स में मेन जो कंटेंट्स होते हैं दे आर लाइक हाइड्रोजन कार्बन एटम्स uh, होते हैं उसमें और, और भी अदर जो है इसमें कंस्टूंट्स uh, होते हैं तो अब मैंने ये भी कहा था आपको कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसल फ्यूल्स है देर आर मेन थ्री कैटेगरीज अब रिसेंट एडवास हो रही है नई टाइप्स ऑफ जो फॉसल फ्यूल्स आ रहे हैं जैसे ऑयल शेल ऑयल करके एक नई जो है फॉसल uh, फ्यूअल्स है जिसमें सैंड में एम्बेड होता है हाइड्रोकार्बन हाई प्रोडक्ट्स जो चेंस होते हैं उसको वहाँ से जो है जो है कैप्चर किया जाता है तो मेन जो है मोटे तीन टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैं फर्स्ट इज ऑयल दैन कोल एंड नेचुरल गैस तो ऑयल पहले हम डिस्कस कर लेते हैं तो ऑयल इज बेसिकली ए लिक्विड फॉर्म ऑफ द फॉसलफ्यूल्स जो थोड़ा सा थिकी कलर का होता है ब्लैक कलर का होता है तो इसमें फिर जब हम एक्सट्रैक्ट करते जो जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं इस टाइप का जो है सेटअप होता है इससे हम पंप करते जैसे आपका जो हैंड पंप होता है उसका यही मैकेनिज्म होता है उसी से उसी मैकेनिज्म में जो है ऊपर आता है तेल तो ये जो बेसिकली जो है एक्सट्रैक्शन होता है जो इसका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का होता है उसको फिर डिफरेंट uh, जो सेटअप होता है उससे हम उसको डिफरेंट uh, फॉसलफ्यूल्स को फॉसलफ्यूल्स से डिफरेंट जो है फ्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं अब थ्री टू फोर हंड्रेड मिलियन ऑफ ईयर्स जिसमें uh, समंदर में भी जितने भी ऑर्गेनिज़म्स थे या प्लांट्स थे डिफरेंट एक्टिविटीज़ की वजह से वो जो है समंदर की जो है एक लेयर के नीचे आ गए ज़मीन के लिए के नीचे आ या जो है अर्थ या टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से शिफ्टिंग की वजह से अर्थ हुए लैंड ट्रांसफॉर्मेशन हुई है तो उसकी वजह से जो है ये पूरा जो मटेरियल जो ऑर्गेनिक मटीरियल है ये बरी हुआ है अंडर द डीप जो सॉइल है या लैंड है या सैंड है उसके नीचे दब गया तो उसके बाद हड्यू टू द हाई प्रेशर जब भी समंदर में प्रेशर बढ़ जाता है बिकॉज जब हम नीचे जाएँगे प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो उस प्रेशर की वजह से एंड जो हम पिछली क्लास में भी पढ़ रहे थे कि कोर एंड में तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर ये ट्रांसफॉर्म हुआ है ओवर द मिलिय ऑफ इयर्स इन द फॉर्म ऑफ ऑयल गैस जो भी है तो इसको हम फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो बेसिकली जो ये एल्गी वगैरह है जू पलेंगट है या बड़े बड़े प्लान्ट वगैरह भी है जो दब गए नीचे बेसिकली जो ऑयल होता है ये ओशंस के साथ ज़्यादा रिलेटेड है जिसमें भी क्रूड ऑयल जितने भी डेड ऑर्गेज लाइक डाइट छोटे छोटे एल्की होते हैं जो प्लैंगटॉन्स होते हैं उनसे बेसिकली ज़्यादा जाद, ज़्यादा आता है बट जहाँ पे भी हम पेट्रोलियम जो रिजर्व्स होते हैं उसकी अपर लेर में जो है नेचुरल गैस के भी बहुत सारे चांसेस होते हैं मीन्स कि ऑयल एंड नैचुरल गैस आपस में बहुत सारे रिलेटेड होते हैं इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्राम द रिज़र्वर ऑफ़ द कोल तो अब जो डिफरेंट ऑयल के यूज क्या क्या है हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं तो जितने भी आप नज़र उठा के देख सकते हैं और जहाँ पर आप गाड़ी में बैठते हो गाड़ी में पेट्रोल यूज़ होता है एयरप्लेन में होता है इंडस्ट्रीज में होता है हम घर में यूज़ करते हैं तो एल पी जी सिलेंडर्स वग़ैरह है वहाँ उससे भी लेट होता है क्योंकि वो भी लिक्विफाइड फॉम कैरोसिन लैंप्स यूज़ करते हैं तो एक नंबर uh, ऑफ जितने भी हमारा अभी जो एरा चल रहा है इसमें जितने भी हमारे मशीन्स है दे आर रन बाय द ऑयल चाहे वो पेट्रोल हो कैरोसिन हो डीज़ल हो कोई भी जो मशीन है मोर और लेस जो है दे आर रिलेटेड टू द ऑयल वहाँ से एनर्जी कैप्चर करते हैं तो uh, अगर हम अब इसका जो कैलोराफिक वैल्यू देखें तीन टाइप्स ऑफ जो फ्यूअल्स uh, है जो पेट्रोल से कैप्चर uh, करते हैं दे आर पेट्रोल या उसको गैजोलिन भी बोलते हैं बहुत सारी कंट्रीज में जिसको अनिफाइनड होता है उसका जो कैलफिक वैल्यू होता है that is 42 to 47 megajoules per kg. means एक kg crude oil ऑयल में तकरीबन uh, 42 to 47 megajoules of जो energy होती है तो तकरीबन यही एनर्जी जो है डीजल में भी होती है बट पेट्रोल में ज़्यादा एनर्जी होती है 44 फोर टू फोर्टी तभी आप जो पेट्रोल की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है तभी जितनी भी पेट्रोल वहीकल्स है वो ज़्यादा महंगे होते हैं आ, आ, या सस्ते भी होते हैं डिपेंड करता है कि इंजन की एफिशिएंसी. अगर आप इन टर्म्स ऑफ द फ्यूल प्राइस देखें हम तो जो वहीकल्स डीजल पर चलते हैं वो थोड़े महँगे होते हैं जैसे डीजल कार उसमें फ्यूल जो वैल्यू है प्राइस है डीजल का कम होता है एज कंपेयर टू पेट्रोल क्योंकि पेट्रोल जो होता है ज़्यादा रिफाइंड होता है तो जो जैसे पेट्रोल कार है तो uh, उसका जो है थोड़ा सा प्राइस कम होता है बट फ्यूल प्राइज आर वेरी हाई एज़ कंपेयर टू डीज़ल तो कैल वैल्यू पेट्रोल पे ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू डीज़ल हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और यूज ऑफ ऑयल एंड वाट आर और वेरियस फ्यूल्स। अब जो हम क्रूड ऑयल लाते हैं तो वो हमें एज सच हम यूज नहीं कर सकते हैं तो उसको हमें रिफाइन करना पड़ता है तो रिफाइन करने के लिए डिफरेंट जो है रिफाइनरीज होते हैं। बेसिकली जहाँ पे भी ऑयल रिजर्व्स होते हैं वहीं पे ऑयल रिफाइनरीज रिफाइनरीज होती है जितने भी जैसे गल्फ कंट्रीज़ है Uh, जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज़ है चाहे यूएसए भी है यूरोपन uh, कंट्रीज भी है रशिया भी है आर द मेजर जो है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी जो है लोकेशन है ऑयल uh, रिजर्व्स की वहीं पे भी जो है ये ऑयल रिफाइनरीज लगाई जाती है जो साल के 24 घंटे तीन दिन काम करते हैं तो यहाँ पे कभी भी ये रुकता नहीं बिकॉज जो भी आजकल की दुनिया में एनर्जी कंजप्शन है दैट इज़ वेरी हाई बिकॉज ऑफ़ द लॉकडाउन एंड कोविड थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है एनर्जी कन्ज्पशन में बिकॉज ऑफ uh, जो वहीकल्स है या इंडस्ट्रीज़ है या कमर्शियल uh, बिज़नेसेस हैं थोड़े से सफ़र हुए हैं तो बट uh, ओवरऑल जो अनलाइक uh, जो कोविड से बाहर जो अगर हम कोविड को नज़रअंदाज करें तब भी जो हमें फ्यूअल की कंजप्शन है वो हमें साल के सारे पूरे दिन चाहिए पूरे जो है चौबीस घंटे हमें अवेलेबल रहना चाहिए तो रिफ़ाइनरीज चौबीस घंटे तीन सौ पैंसठ दिन काम करती हैं तो इसमें बेसिकली तीन चार जो स्टेप्स होते हैं पहले क्या सेपरेशन करना पड़ता है उसको जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं एंड देन उसमें कन्वर्शन होता है जितने भी हैवी uh, मॉलिक्यूल्स uh, होते हैं उसको ब्रेक डाउन किया जाता है फिर अरेंज किया जाता है बाई डिफरेंट कैमिकल प्रोसेस सो कन्वर्जन बोलते हैं एंड देन लास्ट फिनिशिंग टच उसमें कुछ अदर एफिशंसी इनक्रीज करने के लिए कुछ और केमिकल्स डाले जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड ट्रीटमेंट तो फ्रैक्शनल डिस्लेशन बेसिकली कुछ नहीं होता है यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर में यहाँ पे क्रूड आयल जो होता है जो डायरेक्टली जो हम विद्रॉ करते, है uh, करते हैं या पंप आउट करते हैं फ्राम द ऑयल वेल्स तो उसको हम यहाँ पर हीटअप करते हैं यहाँ पे फरनेस में एक छोटी छोटी पाइप्स के द्वारा जो है इसको हीटअप किया जाता है तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये यह वेपराइज हो जाता है एंड देन ये फ्रैक्शनल डिस्पलेन एक ये होता है कॉलम होता है इसमें डिफरेंट uh, जो है लेयर्स uh, में डिफरेंट टेम्परेचर होता है फॉर एग्जाम्पल बॉटम लेयर में टम्परेचर मोर देन 350 डिग्री सेल्सियस होता है तो यहाँ पे हमें विटामिन मिलता है जो हम सड़क वगैरह जो हम देखते हैं मेटलिंग ऑफ रूट्स जो हम देखते हैं तारकुलिर तारक बिछाते हैं तो उसको बिटमिन बोलते हैं तो हमें सड़क वग़ैरह के काम आता है तो एक वेस्ट प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता है एक जो है जिस जिससे पूरा जो है एनर्जी हम जब जो ऑयल्स निकालते हैं उसके बाद वो बचता है तार जैसा तो उसके बाद जो कॉलम में है टेम्परेचर हम डिक्रीज़ करते हैं तो बाई uh, इसका जो टेम्परेचर रहता है इन बिटवीन 300 हंड्रेड टू थ्री डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हमें लुब्रिकेटिंग ऑयल्स मिलते हैं जैसे इंजन ऑयल्स वगैरह मिलते हैं बहुत सारे ऑयल्स मिलते हैं दैन और भी टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे दैन फ्यूल ऑयल जो शिप्स वग़ैरह में यूज़ होता है uh, जो कार्गो uh, शिप्स में यूज़ होता है दैन टेम्परेचर और डिक्रीज करेंगे तो डीजल बेसिकली जब ये यहाँ पर ये जो क्रूड ऑयल होता है ये हाई टेंपरेचर में होता है ये जो इवॉपरेट होता है तो ये अलग अलग टेंपरेचर्स पे कंडेंस हो जाता है तो यहाँ पे कंडेंस हो जाएगा ल्युब्रिकेटिंग ऑयल फिर कंडेंस हो जाएगा फ्यूल ऑयल फिर कंडेंस हो जाएगा इस टेंपरेचर रेंज में डीजल दैन पैराफीन पैराफीन जो होता है एवियशन फ्यूल में यूज़ होता है then 60 to 180 degree Celsius सेल्सियस में नैप्था नेपथा इज़ बेसिकली यूज फॉर द कॉस्मेटिक डाइंग इंडस्ट्री एंड रिसर्च वगैरह में यूज़ होता है दैन गैजोलिन जिसको हम पेट्रोल भी कहते हैं देट इज़ उसको हम ट्वेंटी फाइव टू सिक्सटी डिग्री सेल्सियस में ये कंडेंस हो जाता है और जो लेस दैन ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस पे कंडेंस हो जाएगा रूम टेम्परेचर से कम जो उसमें हम एल पी जी यूज़ करते हैं उसको हम लिक्विफाइड तो डिफरेंट टम्परेचर्स पे एक ही क्रूड ऑयल से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूल्स हम निकालते हैं जिसके अलग अलग एप्लीकेशन है जो सड़क के काम आता है डुब्लिकेटिंग ऑयल्स जैसे ग्रीस वग़ैरह यूज़ करते हैं एंड दैन जैसे आप वैसलिन वगैरह भी यूज़ करते हैं पेट्रोलियम जली दैट ऑल्सो कम्स फ्राम दिस क्रूड ऑयल तो उसके बाद ships वग़ैरह में तो ये जो टम्परेचर्स है किस टेम्परेचर पे कौन सा फ्यूअल निकलता है थोड़ा सा आपको याद रखने की ज़रूरत है हो सकता है कई एग्जाम में पूछा जाए आपको न सेपरेशन जो होता है इसको हम सेपरेट uh, करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल क्रूड ऑइल्स यहाँ पे अलग से जो सेटअप होता है कहाँ से ये एक्यूमलेट uh, हो जाएगा फिर डिफरेंट उसको जो है पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में अलग अलग जगह पहुँचाया जाता है मीन्स क्या अलग जो मैंने अभी कहा वही इस स्लाइड में भी एक्सप्लन किया गया जो हैवियर लिक्विड्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं जो लाइटर होते हैं बेसिकली जिसकी कार्बन चेंज लाइट होती है तो ऊपर जाते हैं अब कुछ जो हमें यहाँ पे ल्यूबिकेटिंग uh, ऑयल्स है या जिसमें कार्बन चेंज बहुत बड़ी होती है तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्रैक कर सकते हैं मींस कि डिफरेंट केमिकल फॉर्म्स जो होते हैं उसमें केमिकल्स लगा के इन हाइड्रोकार्बन मॉलिकल्स को हम ब्रेक डाउन करते हैं इन लाइटर तो यहाँ पे इस प्रोसेस से फॉर एग्जाम्पल हम लुबिकेटिंग uh, ऑइल से पेट्रोल भी बना सकते हैं बाई कन्वर्शन प्रोसेस तो इसको कैटेलेटिक क्रैकिंग बोलते हैं या कैट क्रैकिंग बोलते हैं तो ये बेसिकली इंटेंस हीट 600 हंड्रेड डिग्री सेल्सियस भी होता।, तो हो, uh, होता है तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रैक्शनल डिस्टलेशन में तकरीबन टेम्परेचर लेस दैन 350 फिफ्टी डिग्री सेल्सियस होता है तो यहाँ पर टम्परेचर अबाउट सिक्स हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो लो प्रेशर में किया जाता है बिकॉज अगर हाई प्रेशर में किया जाएगा दैन द करैकिंग प्रोसेस विल बी हिंडर तो इसको लो प्रेशर में किया जाता है केमिकल रिएक्शन होती है जिससे हेवियर मोलिक्यूल्स को जिसकी uh, लंबी जो कार्बन चेन है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है लाइटर मोलिक्यूल सो दैट वी कैन गेट मोर काइंड ऑफ जो लाइटर मॉलिक्यूल्स है लाइक गैजोलिन डीजल कैरोसिन एविएशन ऑयल नैप वो हम uh, यहाँ से ले सकते हैं तीसरा इसमें प्रोसेस है हम ब्लेंडिंग कर सकते हैं फॉर एग्जांपल आजकल जो पॉलिसी है हमें बायो फ्यूल्स को ब्लेंड करना है विद द ट्रेडिशनल फ्यूल्स फॉसिल फ्यूल्स है जब बी ट्वेंटी नाम सुना होगा जिसमें आपको ब्लेंड करना है uh, पेट्रोल को या डीजल को विद द बायो फ्यूल्स बाई ट्वेंटी परसेंट मीन ट्वेंटी जो आपका फॉसिल फ्यूल्स है तो ये डिफरेंट पॉलिसीज़ है कंट्री कंट्री टू कंट्री डिपेंड करती है अब इंजन की परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करने के लिए कुछ और केमिकल्स भी यूज किया जाता है, जैसे ट्राइथाइन लेड डाला जाता है जो टू स्ट्रोक इंजनस होते हैं जैसे ऑटो है या स्कूटर हो करते थे उनमें एक जो ग्रीन कलर का एक केमिकल डाला जाता है फॉर इम्प्रूविंग द एफिशंसी तो उससे क्या होता है पोल्यूशन भी नहीं होता है और आपका जो है माइलेज भी इंप्रूव होता है तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स हम डालते हैं या ट्रीटमेंट किया जाता है फॉर एग्जांपल को जो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आपको जो फ्यूल्स निकलते हैं तो उनका जो कलर होता है तकरीबन सबका सेम होता है बट आपको जो पेट्रोल पम्प पर पे जाते हैं दैन यू गेट डिफरेंट कलर ऑफ जो पेट्रोल कलर डिफरेंट होता है डीजल का डिफरेंट होता है कैरासिन का डिफरेंट होता है एविएशन तो उसमें कलर एडिटीज़ यूज भी यूज़ किए जाते हैं तो सो दैट यू कैन डिफ्रेंशिएट कि कौन सा फ्यूल है पहले जो कैरोसिन आता था, था पहले ज़माने में बहुत पहले तो उसका जो कलर नहीं हुआ करता था पानी जैसा था फिर कलर उसका यूज़ किया गया ब्लूइश कलर का होता था आज भी आता है ब्लूइश कलर का तो इस टाइप के जो है ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं और उसमें एफिशेंसी इनक्रीज करने के लिए या उसकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए किस टाइप का फ्यूअल है नाउ द सेकेंड जो आपका फॉसल फ्यूअल है दैट इज़ कोल तो कोल इज़ बेसिकली फॉर्मड बाई जितने भी आपके प्लांट्स हैं terrestrial और जो भी अगर uh, oceans में भी कहीं कहीं पाए जाते हैं ऑयल uh, coal reserves uh, because of uh, जो intense heat and high pressure वो दब जाते हैं नीचे ज़मीन के नीचे यहाँ पे देख सकते हो किसी जमाने में प्लांट्स थे ये दब गए नीचे ज़मीन में एंड ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ट्रांसफॉर्म हुए इन द कोल बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर एंड टाइम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें तभी तो इसको नॉन रिजल रिसोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं तो कोल में तो कार्बन होता ही है बट अदर काइंड ऑफ जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे सल्फर सल्फर इज़ द हाईली जो इसमें लिंक होता है कोल के साथ बिकॉज जहाँ पे भी कोल uh, यूज़ किया जाता है वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की इमिशंस जो होती है हाइड्रोजन सल्फाइड की इमिशंस एटमॉस्फेयर में होती हैं जिसकी वजह से एसिड्रेन होता है तो उसके अलावा अदर भी अदर एलिमेंट्स होते हैं जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो इसमें कोल इज़ रेडिवली कम्बस्टेबल क्रोल कंसिस मोर देन फिफ्टी परसेंट बाई और मोर देन इसमें कार्बनस मटीरियल होते हैं अब ये डिपेंड करता है कि किस टाइम पीरियड uh, कितना टाइम लगा है कोल को बनने में तो उस टाइम पीरियड के हिसाब से उसमें जो है कार्बन कंटेंट इंक्रीज होता है अगर ज़्यादा टाइम हुआ होगा तो कार्बन डाई जो है उसको एंथ्रासाइड बोलते हैं अगर कम ही टाइम होता है उसको पीट बोलते हैं पीट को भी यूज़ किया जाता है फॉर कोल बट उसमें एनर्जी बहुत ही कम होती है तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल तो जो पार्शली डिकेड मैटर होता है जैसे दलदल वगैरह में होता है स्वैंप्स में होता है इसका जो कंटेंट है हीटिंग कंटेंट बहुत ही कम है तो जब हम जो है यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर इंक्रीज होता है यहाँ जो है इसका जो हीट कार्बन कंटेंट अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे हम फ्राम पीट टू एंथ्रासाइड दैन द कार्बन कंटेंट इंक्रीज अगर हम यहाँ से पीठ से अंथ्रेसाइड की तरह तो मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज होता है तो बेसिकली ये एक ग्रेजुअल uh, पिक्चर है कैसे एक पीट ट्रांसफॉर्म होता है इनटू टू द एथ्रासाइड और द पीरियड ऑफ टाइम तो उसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज लिग्नाइट लिग्नाइट इज़ ब्राउन कोल इसमें हीटिंग कंटेंट लो होता है सल्फर भी लो होता है बट uh, जो है इसमें मॉइस्चर कंटेंट भी अच्छा खासा होता है तकरीबन टवेंटी परसेंट दैन जिसको हम सॉफ्ट कोल बोलते हैं Uh, जिसको ये यूज फॉर द जो दी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होता है वहाँ पे यूज़ होता है दैन एंथ्रासड इज हार्ड कोल ये बहुत ही uh, जो है जेट कलर जेट ब्लैक कलर का कोल होता है इसमें हीटिंग वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है और इसमें सल्फर कंटेंट ऐश कंटेंट बहुत कम होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंथ्रेसाइाइट uh, में जो कार्बन कंटेंट है दैट इज़ 85 टू 95 फाइव परसेंट और इट टेक्स 350 हंड्रेड फिफ्टी ऑफ ईयर्स टू फॉर्म इसका हीटिंग वैल्यू भी तकरीबन 34,000 फोर uh, थाउजेंड पर केजी है दैन बिटोमिनस जो ये वाला है इसका जो है टाइम पीरियड कम है तो इससे 50 मिलियन साल कम लगे तो मींस विटामस को एंथ्रेसाइड बनने में और भी पचास मिलियन ईयर्स लग सकते हैं तो इसमें कार्बन कंटेंट 45 टू 85 परसेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऐश कंटेंट भी बहुत होता है तो इसका हीटिंग वैल्यू भी कम होता है एज कम्पियर टू एथरासाइड फिर जो लिगनाइट है इसको सब विटामिनस भी बोलते हैं इसको 100 मिलियन ईयर्स लगे हैं बनने में देन लिगनाइट ये सब विटामिनस इसके बीच में एक और कैटेगरी होती है देन लिगनाइट खाली सिक्सटी ईयर्स लगे सिक्सटी मिलियन ईयर्स लगे हैं बनने में तो इसका जो है हीटिंग uh, वैल्यू भी बहुत कम होता है एंड कार्बन कंटेंट मीन्स कि हीटिंग वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कार्बन कंटेंट कार्बन कंटेंट जितना ज़्यादा होगा हीटिंग वैल्यू उतना ज़्यादा होगा अब कोल कहाँ कहाँ यूज़ होता है कोल इज मेनली यूज इन अगर हम uh, अपनी लोकेलिटी में देखें कश्मीर में तो कोल कहाँ यूज़ होता है इट इज़ यूज फॉर द ब्रिक्लिंग्स अगर आप डे टू डे लाइफ में अगर आप आस देखें तो इट इज़ यूज फॉर द ब्रिक्लिंग्स कश्मीर की बात कर रहा हूँ तो अगर आप कमर्शियल लेवल पे बड़े स्केल पे आप देखेंगे इट इज़ यूज फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम थर्मल पावर प्लांट्स बोलते हैं जितनी भी हमने एनर्जी पढ़ी, जिसमें टरबाइन को रन करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी चाहिए हमें चाहे जियो एनर्जी पड़ी विंड या स, आ, ये विंड या ओशन एनर्जी थर्मल कन्वर्शन सब में टरबाइन को रन करने के लिए डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए तो यहाँ पे कोल हम यूज करते हैं इन थर्मल पावर प्लान्टॉर प्रोडक्शन ऑफ द स्टीम जिससे स्टीम बनती है देन टर्बाइन रन एंड मैकेल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इन द इलेक्ट्रिसिटी उसके अलावा कोल यूज होता है फॉर सीमेंट इंडस्ट्री सीमेंट इंडस्ट्री में कोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भी यूज होता है सीमेंट इंडस्ट्री में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट जो लाइम जो क्या बोलते हैं इसको लाइम uh, है एंड देन सीमेंट को क्या उसका फ्रैक्शन है उसमें मिक्स किया जाता है देन सीमेंट इज फॉर्मड तो उसके अलावा स्टील प्रोडक्शन आपको तो पता ही होगा कार्बन एंड आयरन का जो एलॉय है दैट इज स्टील जो तो फिर आयरन के साथ मिक्स किया जाता है कार्बन को ये कोल को दैन तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस स्टील तो स्टील प्रोडक्शन में होम हीटिंग में यूज होता है जो बाहर होता है जैसे कुकिंग वगैरह के लिए भी यूज़ होता है जहाँ पे कोल प्रोडक्शन ज़्यादा जैसे वेस्ट बंगाल में झारखंड में बिहार में इट इज़ आल्सो यूज फॉर कुकिंग एट डोमेस्टिक लेवल दैन द लास्ट कैटेगरी इज़ द नेचुरल गैस तो नेचुरल गैसेज basically होते हैं जो gases uh, they are the reserves are near uh, the reserves of the petroleum usually petroleum के आस पास ही होते हैं तो इसमें basically जो hydrocarbons होते हैं जैसे methane हो इथेन हो ब्यूटीन हो propane हो इस type के जो है इसमें hydrocarbons होते हैं means from द chain carbon वन methane टू ब्यूटीन uh, न प्रोपेन थ्री एंड ये तीन कंपोन्ट्स ज़्यादा होता है इसमें डिपेंड करता है अब लोकेशन पे uh, ज़्यादा कंटेंट होगा तो ज़्यादा जो उसका जो हीटिंग वैल्यू होगा नेचुरल गैस का उसके अलावा इसमें इथेन प्रोपेन वाटर वेपर होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है अब जो अगर आप कोई भी वीडियो को देख सकते हो इंटरनेट पर कि कैसे नेचुरल गैस को जो है निकाला जाता है तो अक्सर जितने भी रिजर्व्स होते हैं नेचुरल गैस के दे आर नेचुरल गैस जो होता है ये एक एब्जॉर्ब कंडीशन में होता है विद वाटर जैसे वाटर uh, में डिसॉल्व कंडीशन में होता है ऑक्सीजन वैसे ही नेचुरल गैस भी होता है तो फिर बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर जो ऊपर इसकी लेयर होती है रॉक्स की या जमीन की होती है तो ये प्रेशर की वजह से उसमें एबजॉर्ब कंडीशन में रहता है जब भी हम ड्रिलिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पे प्रेशर रिलीज होता है तो ये जो गैस है बाहर निकलती है फिर हम इसको जो है वाटर वेपर कंटेंट डिहाइड्रेटर्स की द्वारा जो है उसमें वाटर वेपर कंटेंट को डिक्रीज करते हैं दैन वी गेट प्योर फॉर्म ऑफ दैट नैचुर गैस अब यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ uh, जो जो बहुत सारे जो यहाँ पे आ, मैंने किए हैं मेंशन टेबल में गैस मीथेन जिसको जिसका जो वॉल्यूम होता है दट इज़ अराउंड एटी फाइव परसेंट इन नेचुरल गैस मींस नेचुरल गैस में 85 परसेंट से ज़्यादा होता है मीथेन अगर आप याद कर रहे हैं जब हमने बायोगैस पढ़ा बायोगैस में इट इज़ अराउंड 60 टू सेवेंटी मीथेन कंटेंट यहाँ पर नेचुरल गैस में, uh, में तकरीबन एटी होता है के अलावाज टू टू कंपाउंड्स मीथेन एंड इथेन आर वेरी इंपोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ द नेचुरल गैस यही जो है डिस्टिंग्विश करता है बट ये तो नेचुरल गैस होंगे जब भी किसी गैस में ये दो होंगे अब जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है जो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल करते हैं व्हेन वी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब हम पेट्रोलियम की करते हैं तो टॉप पे जो तकरीबन 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो हमें गैस मिलती है दैट इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस तो वहाँ पे ज़्यादा प्रोपेन एंड ब्यूटेन होता है ये दो गैसेज वहाँ पर तो कैलोरफ वैल्यू जो है नेचुरल गैस का इट इज़ अराउंड फोर्टी टू टू फिफ्टी फाइव तो ये डिपेंड करता है इसमें का वाटर वेपर कंटेंट कितना होगा या अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो भी जो है इसका कैलोरफिक वैल्यू डिक्रीज़ हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कम है तो वैल्यू इंक्रीज हो सकता है वैसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में कैलोरफ वैल्यू जो है फ़ोटी फाइफ टू फोर्टी सिक्स टू फिफ्टी वन मेगाजूल्स होता है जो ये वाला गैस है जो यहाँ पर मिलता है इसको बोलते हैं लिक्फाइड पेट्रोलीम गैस तो अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम सी एन जी सी एन जी नेचुरल गैस ये ही वाला जो नेचुरल गैस है अब इसको कंप्रेसड कंडीशन में हम रखते हैं फॉर जो हमें यूज करना है जैसे फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिस हो या वहीकल्स में यूज करते हैं तो इसकी एनर्जी कंटेंट डिफरेंट है स्टोरेज में इसको कंप्रेशन नेचुरल गैस में प्रेशर ज़्यादा चाहिए इसको प्रेशर 22 25 ट्वेंटी uh, फाइव मेगा पासकल्स चाहिए तो यहाँ पे खाली दो मेगा पास तो एयर कंपन रेशो जब ये जलता है इसको एयर का जो है दस पार्ट्स के साथ एक पार्ट जो है गैस 25 फाइव uh, पार्टस uh, के साथ एक पार्ट लिक्वाइड पेट्रोलियम के क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कंसनट्रेशन ज़्यादा चाहिए बिकॉज यहाँ पे कार्बन uh, जो चेन है बड़ी है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल गैस उसके अलावा ऑपरेटिंग प्रेशर जिस प्रेशर पे हम इसको यूज करते हैं डेंसटी वगैरह सिलेंडर्स जो है सिलेंडर वेट कितना होना चाहिए दैन जो किस फॉर्म में होता है जब भी हम इसको एल uh, को लाते हैं सिलेंडर में डेट इज़ इन लिक्विड और गैसिस फॉर्म But CNG is always in ऑलवेज form. गैसेज फॉर्म ठीक है तो अब जो नेचुरल गैसेज कैसे फॉर्म हुए हैं जो थे थे रेमरेडस ऑफ डिक जो भी हमने जो फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम जो बताई वही इसी की है बट एक जो है इन वेपर फॉर्म में भी कुछ कंपाउंडस होते हैं जो रिलीज होते हैं बाय द नेचुरल हीट फ्रॉम द अर्थ जोआलॉजिकल हीट ऑफ द अर्थ जो फिर जो है इसमें वेपर फॉर्म में एम्बेडेड होते हैं इन वाटर जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसमें होता है तो बेसिकली वही जो माइक्रो ऑर्गेजम जो ऑर्गेनिक मटीरियल ब्रेक ब्रेक डाउन हुआ है तो उसकी उसी की वजह से जैसे अर्थ के जो सरफेस पे भी है ट्रोपोस्फियर में जो मीथेन जनरेट होता है बाई फ्राम द वॉटर बॉडीज तो वैसे यहाँ पर भी होता है बट इट हैपन् एनआरबिक कंडीशन मीथिन प्रोडक्शन तो अब नेचुरल गैस के क्या क्या यूज़ होता है तो मेन यूज़ इट इज़ यूज्ड इन 31% ऑफ द नेचुरल गैस वर्ल्ड में है दैट इज़ यूज इन द इंडस्ट्री दैन रेजिडेंशियल में एंड इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में सबसे ज्यादा यूज होता है 34.1% एंड कमर्शियल में 13. Point, uh, जो है थर्टीन यूज़ होता है तो सम जिसमें रॉ मटीरियल यूज़ होता है नेचुरल गैस जिसमें पेंट्स में, में यूज़ होता है फर्टिलाइजर्स में प्लास्टिक्स में एंटी फ्रीज डाइज फोटोग्राफ फिल्म में मेडिसन एक्सप्लूज में इस सब में यूज़ होता है इसके अलावा गिलास पेपर प्रोडक्शन क्लॉथ ब्रेक इलेक्ट्रिस इसके अलावा इन में भी यूज़ होता है नेचुरल गैस अब जितने भी फॉसिल फ्यूल्स है इनमें तो एक कॉमन प्रॉब्लम है यहाँ पे पोल्यूटेंट्स निकलते हैं कोल से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑयल हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं तो ये पूरा जो है हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करता है इसके ये सॉल्यूशंस हैं नॉन रेनेबल रिसोर्स जैसे वन पावर सोलर पावर को यूज़ कर सकते हैं तो उसके अलावा जब भी कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन जो इंक्रीज होते हैं बिकॉज ऑफ द फॉसल फ्यूल्स अब जितने भी हम बायोमास ने में हमने डिस्कस किया जितना भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है दैट इज इन साइकिल फॉर्म जितना जो है प्लांट्स या बायोमास में कैप्चर होता है वही फिर से हम रिलीज करते हैं इंट एटमोस्फेयर एंड देट सेम अमाउंट गेट्स रिसाइकल्ड इन टू दायोमास अगेन बट फॉसिल फ्यूल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये तकरीबन 600 सौ मिलियंस ऑफ ईयर्स इसको जो है लगे है स्टोर होने में तो ये 600 सौ मिलियंस पहले जो स्टोर 600 मिलियन ईयरस पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ करता था एटमॉस्फेयर में वो स्टोर हुआ है अगर वो जला रहे वो एटमॉस्फेयर में आ जाएगा दैन इट इंक्रीज़ इज द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती है या अदर जो uh, जो ग्रीन हाउस गैसे जैसे एंड नाइट्रस ऑक्साइड वो इंक्रीज़ होते हैं तो उसकी वजह से ग्लेशियर्स वग़ैरह मेल्ट होते हैं एंड दैन वेटिंग ऑफ द ड्राई लैंडस और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं तो उसके अलावा फॉसिल फ्यूल्स में एक और प्रॉब्लम है जब भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं फॉसिल फ्यूल्स अक्सर आपने देखा होगा कि समंदर के जहाज से ही ट्रांसपोर्टेशन होती है बिकॉज इट इस वेरी इजी एंड इकोनॉमिकल जो बैरल्स वगैरह में तेल आता है बाहर से अब तो बहुत सारी कंट्रीज ने कनेक्ट किया है आपस में जो ट्रांसपोटेशन होती है बाईर पाइपलाइंस होती है बट मेजरली अभी जो है शिप्स से ही होती है बैरल्स में ट्रांसपोर्टेशन तो कभी कभी बिकॉज ऑफ द टर्बलाइन या वॉर लाइक सचुएशन या कोई ऐसी अदर अंट्रोअ एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से जो शिप डूबता है तो जिसकी वजह से जो तेल है पूरे समंदर की सरफेस पे तैरता है जिसकी वजह से जो है ओशन इकोलॉजी या सी इकोलॉजी वहाँ पर जो प्लांट्स एनिमल्स या बर्ड्स रहते हैं वो मर जाता है मीनस वहाँ पे एक इकोसिस्टम डिग्रेडेशन होती है तो इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है एग्जॉन वेल्डिस ऑयल स्पिल जो 24 मार्च 1989 में हुई थी कैलिफोर्निया में तो इसमें जो है एनवायरमेंटल डिजास्टर्स होते हैं बिकॉज ऑफ द फॉसिल फ्यूल ऑयल बेसिक क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्टेशन में अब ऑयल रिजर्वस कहाँ कहाँ है? हैं पर्टिकुलरली हम ऑयल की बात करें तो यहाँ पर जितने भी डार्क है तो दीज आर दाईली जो uh, जिन्हें कंटेंट या रिज़र्वस बहुत ज़्यादा है जैसे गल्फ कंट्रीज़ है यहाँ पे रशिया में है यहाँ पर कैनाडा में है यहाँ पर जो ब्राज़ील वगैरह है कंट्रीज में यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑयल रिज़र्वस है कोल रिज़र्व भी ऐसे ही है जैसे डार्क है तो यहाँ पर ब्राउन पूरा इंडिया में चाइना में रशिया में यूनाइट स्टेट्स में ऑस्ट्रेलिया में Uh, जो है कोल रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है एंड वैसे ही नेचुरल रिसोर्स नेचुरल गैसेस में इंडिया uh, में तो बहुत कम है नेचुरल गैस बट रशिया में ज़्यादा जाद, है एंड देन अदर दिस नेक्स्ट कनाडा यूएसए और दिस गल्फ कंट्रीज में भी uh, जहाँ पे ऑयल के रिज़र्व ज़्यादा होते हैं वहाँ पर नैचुर गैस भी ज़्यादा होता है अब इंडिया की बात करें इंडिया में जो uh, फॉसिल फ्यूल्स है चाहे वह कोल्ड है या पेट्रोलियम है तो कश्मीर की बात करिए कश्मीर में सबसे जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल पाया जाता है जिसको हम एंथ्रासाइड बोलते हैं कश्मीर वैली की बात कर रहा हूँ तो उसके अलावा जो मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है जैसे झारखंड है ओडिशा वेस्ट बंगाल छत्तीसगढ़ तेलंगाना ये और आसाम तो ये है मेजर स्टेट्स जिसमें कोल रिजर्व ज़्यादा है छत्तीस ये जहाँ झारखंड में गया हूँ वहाँ पर कोल माइंस में एंड देन uh, जो पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है जैसे आसाम इस साइड है नागालैंड या राजस्थान है uh, जो सर्वे किया गया बट ऑफ़शोर ज़्यादा है ये पूरी जो uh, ऑफशोर लोकेशंस uh, है यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है ऑयल पाया जाता है तो इंडिया में जो फॉसिल फ्यूल्स के रिजर्व्स है तकरीबन 60.6 बिलियन टन ऑफ कोल पाए जाते हैं 5.7 बिलियन बैरल ऑफ़ ऑयल एंड अराउंड 1.4 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ नेचुरल गैस तो बहुत uh, सारे रिज़र्व है बट ये जो रिज़र्व आइडेंटिफाई होते पीरियड ऑफ टाइम ये नहीं है कि खाली इन्हीं लोकेशंस में नैचुरल गैस पाया हो सकता है दूसरे लोकेशंस पे भी है बट ये लोकेशंस आइडेंटिफाई की गई है इनको सर्वे किया गया है कि इन लोकेशंस में ये जो है रिसोर्स पाए जाते हैं रिसेंटली पाकिस्तान में भी कुछ काइंड kind ऑफ of, जो नेचुरल गैसेज आइडेंटिफाई किए गए मीनस कि ये जो एक्सप्लोरेशन जो है कंटिन्यू होती है इसमें जितना आप ज़्यादा इसको एक्सप्लोर करोगे सर्वे करोगे उतना आप को ज़्यादा जो है रिजर्वस मिलने की जो है संभावना रह सकती है तो ये